पुनः स्वागत अब हम एक प्रमुख थ्योरम की बात करेंगे जो क्लोशियस इनक्वालिटी के नाम से जानी जाती है इसको कैरनाट थ्योरम का इस्तेमाल करके प्राप्त करेंगे वास्तव में आप कह सकते हैं कि यह कैरनाट थ्योरम का किसी भी साइकिल के लिए एक्सटेंशन है कैरनाट थ्योरम के बाद हमने इक्वालिटी पार्ट को देखा था और हम टेम्परेचर स्केल्स का एक थर्मोडाइनमिक आधार प्राप्त कर पाए हैं अब हम इनक्वालिटी पार्ट को देखने जा रहे हैं इससे पहले हम यह करें सिंबल्स के बारे में बात करें जब भी हम थर्मोडाइनेमिक्स में यह सिंबल देखते हैं लेस देन और इक्वल टू हमें कार्नोट्स थ्योरम को याद रखना चाहिए क्योंकि यह सिम्बल हमने सबसे पहले तब देखा था जब हमने यह कहा था कि कैरनाट के, के अनुसार टूटी इंजन की एफिशिएंसी एक रिवर्सिबल टू इंजन से कम है या बराबर है जब वह उन्हीं दो टेम्परेचर्स के बीच काम कर रहे हैं तो वह है यह लेस देन और इक्वल टू साइन और मैं लेस देन और इक्वल टू को दो अलग अलग सिंबल्स के रूप में एक के ऊपर दूसरा जैसे स्केच करता हूं, क्योंकि यहवल टू रिवर्सिबल केस के लिए है जबकि लेस देन इिवर्सिबल केस के लिए है तो इन दो अलग अलग संभावनाओं को ध्यान में रखने के लिए मेरी आदत है कि मैं लेस देन और इक्वल टू को दो अलग अलग सिंबल्स जैसे लिखता हूँ क्योंकि इस तरह से हमें ध्यान में रहता है कि इक्वालिटी रिवर्सिबल लिमिट से संबंधित है अब हम पहले क्लोशियस इनक्वालिटी का वर्णन करेंगे उसके बाद हम इसे एक टूटी हीट इंजन के लिए सिद्ध करेंगे उसके बाद हम इसे एक थ्री मशीन के लिए सिद्ध करेंगे फिर हम एक जनरल प्रूफ देंगे इस तरह से हम जनरल प्रूफ को अप्रिशियेट कर पाएंगे और हम क्लॉशियस इनक्वालिटी को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे अब क्लॉशियस इनक्वालिटी क्या है यह क्लॉसियस इनिक्वालिटी एक ऐसे सिस्टम के लिए है जो एक क्लोज्ड सिस्टम है जो एक साइकिल को एग्जीक्यूट करता है मैं यह पीवी डायग्राम दिखा रहा हूं आप कोई भी दो उपयुक्त थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज एक्स वन एकस ले लीजिए और चूंकि यह एक साइकिल है हम जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट एक हो सकती है और मैं कोई भी जनरल साइकिल रेखांकित करूँगा आंशिक रूप से क्वासिस्टेटिक या आंशिक रूप से नॉन क्वासिस्टेटिक इसका कोई फर्क नहीं पड़ता स्केच कर रहा हूँ अब क्लॉसियस इनिक्वालिटी यह कहती है यदि सिस्टम एक साइकिल के कुछ हिस्से में एक हीट इंट्रैक्शन को एग्जीक्यूट करता है तब कुछ हीट डीक्यू क्यू करता है और अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर या उस सरफेस का टेम्परेचर है टी जिस पर dq क्यू हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब क्लोशियस इनइक्वालिटी यह बताती है कि dq क्यू बाई का इंटीग्रल पूरे साइकिल के लिए जीरो के बराबर या जीरो से कम है यह क्लोशियस इनईक्वालिटी है याद रहे कि यह एक साइकिल प्रोसेस होना चाहिए और यह इंटीग्रेशन पूरे एक साइकिल के लिए होना चाहिए इसलिए हम इसे एक इंटीग्रल साइन के ऊपर सर्कल के साथ दर्शाते हैं dq है साइकिल के एक छोटे से हिस्से के दौरान सिस्टम द्वारा एब्जॉर्व की गई हीट और T है सिस्टम का टेम्परेचर उस क्षण पर और उस सीमा के अंदर या उस सीमा पर जहां तक यह dq इंटीग्रेशन किया जा रहा है और जरूरी तौर पर यहां यह लेस देन और इक्वल टू वही साइन है जो हमारे कैरनॉट थ्योरम में है इक्वल टू रिवर्सिबल लिमिट से संबंधित है लेस देन अन्यथा जनरल केस के लिए है अगली बात जो हम कहेंगे वह यह कि जल्दी से यह देखेंगे कि यही वास्तव में कैरनॉट थ्योरम का परिणाम है कैर्नॉट एफिशिएंसी की इन को देखते हुए आइए एक कैर्नॉट इंजन को लें एक रिवर्सिबल टूटी हीट इंजन और एक सामान्य टूटी इंजन लें दोनों की वर्किंग को एक ही टेम्परेचर पर देखें यह कोई भी इंजन है या रिवर्सिबल इंजन है हम जानते हैं कि इस सामान्य इंजन की, की एफिशिएंसी या तो कम या बराबर होगी रिवर्सिबल इंजन की एफिशेंसी के अब यदि सामान्य इंजन द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट Q1 है रिजेक्ट की गई हीट Q2 और आउटपुट पावर W है वर्क डन W है तब हम इसकी एफिशियंसी लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू टू बाई जो परिभाषा के अनुसार W बाई क्यू रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल की परिभाषा हमें बताती है कि ईटा आर है 1 माइनस टी टू बाई टी वन और T1 केल्विन स्केल पर टेम्परेचर्स हैं और यह ज़रूरी है कि यह लेस देन और इक्वल टू हो अब आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं पहली बात हम गौर करते हैं कि यह वन दोनों तरफ कॉमन है तो हमारे पास बचता है -q2 क्यू टू बाई क्यू वन लेस देन वन इक्वल टू तब हम निम्नलिखित पर गौर करें हम देखते हैं कि इंजन द्वारा एब्जॉर्व की गई हीट q1 है इसलिए यह एक पॉजिटिव नंबर होगा तो यदि मैं इस इक्वेशन को एक पॉजिटिव नंबर Q1 से मल्टीप्लाई करूं, तो यह इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलने वाला इसी तरह मैं गौर करता हूं कि T2 टू थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर भी एक पॉजिटिव नंबर है सारे थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर्स पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं और यदि मैं T2 से डिवाइड करूँ फिर से यह इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा और इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई और T2 से डिवाइड करेंगे और हम पाएंगे कि -q2 क्यू टू है लेस देन और इक्वल टू -q1 क्यून बाई के अब q1 वन बाई को एक नेगेटिव साइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर स्थानांतरित करने पर हमें मिलेगा q1 वन बाई टी वन माइनस क्यू टू बाई लेस देन और इक्वल टू जीरो अब ध्यान दें कि T1 वन टेम्परेचर पर रिजर्वायर से इंजन द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट Q1 है यह एक पॉजिटिव नंबर है जबकि हमारी नाम पद्धति के अनुसार Q2 के इंजन द्वारा रिजेक्ट की गई हीट है हम इसे दोनों के लिए एब्जॉर्व की गई हीट की टर्म्स में लिखें तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं T1 पर रिजर्वायर से एब्जॉर्व की गई हीट डिवाइडेड बाय टी वन प्लस रिजर्वा से टी टू पर एब्सॉर्व की गई हीट जो होगी माइनस क्यू टू डिड बाई ट होगी लेस देन और इक्वल टू जीरो के अब यह भी एब्जॉर्व की गई हीट है यह भी एब्सॉर्व की गई हीट है यह वाली रिजेक्टेड है इसलिए माइनस टू यहां इसके साथ है और इसलिए अब हम देखते हैं कि क्लॉसियस इनक्वालिटी वास्तव में कैरनॉट थ्योरम इनक्वालिटी में छिपी है जब हम थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल का इस्तेमाल करते हैं यह पहला स्टेप था थोड़े समय बाद हम 3T मशीन के लिए क्लॉसियस इनक्वालिटी प्राप्त करेंगे और उसे सिद्ध करेंगे धन्यवाद